हाय आज मैं आपके पास बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक के साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सैक इम्रियोशैक सैक को हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं और यह इसका दूसरा नाम अंग्रेज़ी में है फीमेल गेमिटोफाइट मादा युगम कोदिद तो आज हम लोग देखेंगे सैक की संरचना इम्रियोशैक की संरचना देखेंगे तो देखिए इम्ब्रियो शेक की संरचना इम्ब्रियो शेख की संरचना बहुत ही आसान सा है और इसमें कोई ज्यादा चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझिए कि इम्ब्रियो शेख है क्या इम्ब्रियो शेख जो महाबीजाणु होता है ना उसके विकास क्रम से बनी हुई संरचना होती है तो इम्रियो शेख क्या है कि महावीजाणु के विकास से बनी हुई संरचना होती है या सात कोशिकीय आठ केंद्रक वाली संरचना है जब बन जाती है मेगा स्पोर जब बनती है तो इसमें क्या होता है आगे की ओर वृद्धि होता है क्रियाशील जो मेगा एस्पोर होते हैं एक्टिव जो मेगा एस्पोर होते हैं क्रियाशील जो महाविजाणु है वो क्या करता है कि समसूत्री विभाजन से बढ़ता है और समस्ती विभाजन से बट के ये क्या करता है कोशिकाओं का करता है लेकिन इसका जो केंद्रक होता है ना इसका डिविजन पर ध्यान रखने की बात है कि क्रियाशील जो ये क्रियाशील एक महाविजानु है ये क्रियाशील ये एन होते हैं ये अप्लॉयड होते हैं इसका जो ये केंद्रक है ये जो न्यूक्लियस है ये टोटल तीन बार बढ़ते हैं कितने बार बढ़ते हैं तीन बार एक तीन बार बटेगा तो एक से दो दूसरा बार बटेगा तो दो से चार दो दूना चार और तीसरा बार बटेगा चार दो न ये जो आठ केंद्रक बनाते हैं ये सात कोशिका में व्यवस्थित हो जाते हैं ये देखिए इसके बीच में जो देख रहे हैं ये सब क्या है केंद्रक हैं ये दोनों केंद्रक हैं ये ये ये ये, ये पूरे आठ केंद्र रख हैं अब आते हैं इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जब आप टाइपिकल डायग्राम बनाते हैं इसमें दो तीन बातों को ध्यान रखिएगा एक बीजाण द्वार चाय ऊपर दीजिएगा तो भी क्या करना है कि फिलीप फॉर्म उपकरण सहायक को शिका और अन्न को शिका द्वार की ओर बनाना है और इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा चला जा और चला जा की ओर क्या पाया जाएगा प्रतिमुख को शिका पाए चला जा की ओर क्या होते हैं प्रतिमुख को होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यदि आप बिजर्ण द्वार नीचे लिखते हैं तो ये सं नीचे की ओर बनेगा और निभाग ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एंटीपोडल सेल ऊपर बनाना तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कई बार क्या होते हैं कि आप लोग डायग्राम तो सही बनाते हैं लिखते बीच वाला भी सही है खाली ये जो पोल है ना जिधर बिजर्ण द्वार होना चाहिए उधर चला कर देते हैं और जिधर चला होना चाहिए उधर बिजर्ण द्वार कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती है तो देखिए यहाँ पे तो आपको क्या करना है ये लगभग अंडाकार संरचना होती है इसका एक भाग को क्या कहते हैं बिजाण द्वार कहते हैं <चार्थ> माइक्रो पायलर इन कर सकते हो या माइक्रो पाइल बिजाण द्वार का अंग्रेजी माइक्रो पाइल होता है इस साइड क्या होती है एक विशेष प्रकार की संरचना होती है अंदर की ओर इस संरचना को हम लोग फिलीपॉर्म उपकरण कहते हैं इसे उपकरण हिंदी में अंग्रेजी में फिलीपॉर्म पेरेटस कहिए अब देखिए यार तीन कोशिकाएं एक दो तीन इस तीन में जो दोनों बगल की कोशिकाएं हैं ना इस कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं सेनरजीड बोलते हैं अब देखिए इसके बीच में जो कोशिका है यह कोशिका वास्तविक अंड है इसे हम लोग एक सेल या ओ एस्फेयर कहते हैं इसे एक सेल या ओ एस्फेयर कहते हैं हिंदी में इसे अंड कोशिका कहते हैं यही वो कोशिका होती है जो वास्तविक निषेचन में भाग लेती है और निषेचित होकर क्या है? किसका निर्माण करती है भ्रुण का निर्माण करती है इस चीज़ से क्या कहते हैं भ्रुण बनते हैं ठीक तो इम्रियो यहीं से बनता है जाइगोटिस से बनता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एनजीओ परमिक जो, जो प्लांटेज में इसमें दोहरा निसेचन होता है एक जो मेल होता है वो एक सेल से संयोजित होता है और एक सेल से संयोजित होकर वो क्या बनाता है भ्रुण बनाता है इम्रियो बनाता है और इम्रियो द्विगुणित होती है बट यहाँ पे जितने भी केंद्रक हैं ये सभी क्या हैं अर्धगुणित हैं अब देखिए ये बीच का जो बड़ा सा भाग देख रहे हैं ये चारों को इंक्लूड किया हुआ ये बीच का इतना बड़ा सा भाग देख रहे हैं यह सबसे बड़ी कोशिका इस कोशिका को सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका या केंद्रीय कोषा कहते हैं ये क्या है केंद्रीय कोशा केंद्रीय कोशा में दो केंद्रक होते हैं केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं तो दो केंद्रक होते हैं इसी को क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्ली कहते हैं या इसको सेंट्रल न्यूक्ली कहते हैं। केंद्रीय कोशिका में दो केंद्रक होते हैं ठीक अब आते हैं हम नीचे के ऊर्वरते ये जो चार आप देख रहे हैं ये संख्या चार ही नहीं होता दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है पाँच भी हो सकता है या जो भाग देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है खाली भाग है तो ये जो खाली भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं ये क्या है खाली भाग है इसे रिक्तिका कहेंगे अब आते नीचे की ओर नीचे की ओर क्या है चलाजा की भाग की ओर आते हैं चलाजा को हिंदी में निभाग कहते हैं अब देखिए यहाँ निभाग के पास तीन कोशिकाएं होती है एक दूसरे से सट्टी हुई पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं एंटी पोडल शेल कहते हैं एंटी मतलब परति और पोडल मतलब मुख तो प्रति मुख इसे क्या कहते हैं प्रतिमुख कोषा कहते हैं तो इस प्रकार ये सात कोशिका हुआ जिसमें एक पहला कोशिका सबसे बड़ा कोशिका हुआ केंद्रीय कोशिका एक साइड चला जा की ओर तीन कोशिका हुआ उसे क्या कहते हैं एंटीपोरल शेल कहते हैं अब आते बिजन द्वार की ओर क्या होते हैं तीन कोशिका होते हैं इसमें दो कोशिका को सहायक को और इस बीच वाले कोशिका को क्या, क्या कहते हैं एक शेल कहते यही संरचना है किसका भ्रूण कोष का या मादा युग को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में स्टूडेंट कंफ्यूजन में आते हैं तो भ्रूणपोष को इंडो कहते हैं इंडो कहते हैं जो क्या करता है भ्रूण को पोषण देता है तो वो भ्रूणपोष अलग गया देखिए भ्रूणपोष कहाँ बनता है ये जो आपका सेंट्रल सेल है ये तो मेल गेमिट से संयोजित होकर क्या बना लेगा यदि ये, ये मेल गेमिट से संयोजित होगा ये मेल गेमिट से संयोजित होगा मेल गेमिट यहाँ मिलेगा तो ये मेल गेमिट से संयोजित होगा तो ये क्या बना लेगा ये इम्ब्रियो बनाएगी ये भ्रूण बनाए पहले तो जायगोट बनाएगा जायगोट बनाएगा और जायगोट कन्वर्ट किस में होगा इम्रियो में होगा जायगोट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जाएगा? इम्रियो में हो जाएगा और ये जो आपका सेंट्रल सेल है इसका जो ये केंद्रक क्या होगा मेल गेमिट से संयोजित होगा जब यहाँ पर इसमें देखिए इस सेंट्रल सेल में यहाँ से नीचे की ओर जोड़ रहे हैं सेंट्रल सेल से जब एक मेल गे जुटेगा मेल गेमिट जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा ये बनाएगा इंडो एस्पर्म, इंडो एस्पर्म बनाएगा और इसी को क्या कहते हैं भुरुन भुरुन पोस कहते हैं देखिए नाम सच पर ये है भुरुन पोष है भुरुन को पोषण देने वाला अब देखिए यहाँ पे ये सब सब एप्लॉयड था क्योंकि एक एप्लॉयड यहाँ है एन यहाँ था और मेल गेमिट भी क्या होता है ये भी एन होता है तो ये दोनों मिले आ गया तो जायवर्ट क्या हो जाएगा टू एन हो जाएगा और इमरियो में सारी को शिकार टू एन होगी अब यहाँ देखिए पोलर न्यूक्ली में दो एप्लॉयड न्यूक्लियस है एक और दो यहाँ पर क्या है एन एन है पोलर न्यूक्ली में यानी सेंट्रल निक्ली में और यहाँ एक क्या हुआ एक एन मेल गेमिट वाला जुट गया तो, तो टोटल एन यहाँ कितना हो गया एक दो और तीन तीन डो इस क्या होते थ्री एन ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि थ्री एंड्रून पोच इंडो एज पर स्ट्रक्चर ऑफ तो थ्री एंड इसमें क्या कहेंगे ट्रिप्लॉट थ्री एंड संरचना होता है इस प्रकार आप आज देखें कि भ्रूण कोश या मादा युग मकोद्भिद कितना आसान सा संरचना है जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख भी बना सकते हैं समझ सकते हैं यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद पड़ा तो ना केवल वीडियो को लाइक करे बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश सर बायोलॉजी हब को ए को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाने के लिए उनको व्हाट्सएप पर फेसबुक पर सब जगह शेयर करके पहुंचाने का कार्य कीजिए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद